हलो दोस्तों आज का वीडियो मज़ेदार होने वाला है और हम बात करने वाले हैं दिवाली 2020 के बारे में कैसे कैसे मनाया जाए और कैसे ना मनाया जाए उसमें मैं और मेरा दोस्त थोड़ा कमेंट वगैरह करेंगे और आपको अपने तरीके से बताएंगे दिवाली कैसे मनाया जाए और क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए चलो शुरू कर तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि मेरा दोस्त है हम दोनों बात करेंगे आप पीछे देख सकते हो कि थोड़ा आज हम दूसरी जगह पे आए अपने घर पे नहीं है घूमने आए हैं एक मंदिर है मंदिर में हम लोग आए हैं और वहीं पे हम वीडियो बनाएंगे और हमारा दोस्त है आपसे मिलवाता हूं चलिए दोस्त हम मिलते हैं अपने दोस्त राहुल बल्दार से हेलो दोस्तों नमस्कार जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया कि मैं एक दोस्त से मिलवाऊँगा वो कमीना दोस्त दोस्त मैं इसका तो शुक्रिया है कि मेरे दोस्त को सपोर्ट करो उनके लिए भी कुछ दोस्तों मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा मतलब की मैं वीडियो में कुछ बोलूंगा नहीं वो आ गया मेरे सपोर्ट के खातिर और उन्होंने कुछ कहा तो आप लोग जानते ही हो तो चलो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको दिवाली में क्या क्या करना है हाँ वो हिंट एक एक जरूर दिया मेरा दोस्त बोला कि इस बार पटाखे मत छोड़ना पटाखे मत छोड़ना सावधानी बरतना समझ रहे हो ना पटाखे मत छोड़ना आप लोग समझदार हो खुद समझ जाओ ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं है कि खुल के बोला जाए यहाँ पे हम लोग मंदिर में आए हैं तो इतना भी नहीं खोल के बोल आपको बता सकते हैं आप समझ जाइए कि पटाखे मत छोड़ना इस बार दीवार दोस्तों आप लोग बहुत नौटंकीबाज बाजी करते हो और फिर दोस्तों एक एक चीज़ ज़रूर करना कि यार किसी के गाय हो गया भैंस हो गया कुत्ते हो गए ना उनके पूछे पटाखे बाँध के कभी मत फोड़ना भाई वो लोग लो जानवर है इंसान नहीं है वो लोग लो समझते नहीं उनको परेशान मत करिएगा और अच्छे से दिवाली मनाइएगा हाँ और नए कपड़े जरूर पहनेगा क्योंकि आपके आस प आस पास बहुत सारे उस दिन पटाखड़ा घूम गुम, घूमेंगे पटाखड़ा मतलब वो पटाखड़ी आप समझ जाओ जो मैं कहना चाहता हूँ तो आप भी एकदम बन ठंड एकदम नए नए कपड़े एकदम मतलब रेडी हो जाना ताकि उनको जलाने के लिए वो वाला पटा ये सूतरी बम ये सब मत जलाना उनको आप सबकी मम्मी और मतलब मेरे घर में भी साफ सफाई होती है आपके आपकी मम्मी और बहन वगैरह अगर घर की साफ़ सफ़ाई करते दे आप लोग भी थोड़ा मतलब उसमें साफ़ सफ़ाई सहयोग करिएगा ये नहीं कि मतलब साफ़ सफ़ाई करने गए जितना साफ़ नहीं कि उससे ज़्यादा तो बिगाड़ मतलब के चले आए प्लेट गिरा के तोड़ दिया ये गिरा तोड़ दिया टेबल तोड़ दिया ये सब ये सब मत कर दोस्तों अपने घर पर दिए तेज मतलब दिए में तेल डालकर भाती बती जला लेना मोमबत्ती जला लेना लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी कर लेना लेकिन यह मत करना कि मतलब कि रॉकेट ले लिया और फिर जला दिए तो किसी के मतलब घर में घुस गया किसी का झोपड़ा जल गया अगर ऐसा हो गया अगर कि किसी का झोपड़ा जला तो समझो तुम्हारा खोपड़ा फूटा दिवाली साल में एक बार आती है जितना भी हो सके इंजॉयमेंट करिए खूब मजे करिए बस इतना ध्यान रखना कि मतलब कोई जले ना किसी को नुकसान न पहुँचना चाहिए और क्या खूब इंजॉय करिए साल में एक बार आता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बजा रहे हो छोटा पटकड़ी जला रहे हो या बड़ी पटाखड़ी जला रहे हो कोई मतलब नहीं है अब एंजॉय करिए अपने तरीके से दोस्तों आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस पटाखे मत छोड़ना ये बात याद रखना पटाखे मत छोड़ना इस दिवाली पे मतलब पटाखे मत छोड़ना इस दिवाली पर इस दिवाली पर मतलब कभी भी मत छोड़ना ओके बाय